महंगा फोन और आधा एप्पल ही खाया हुआ है। अगर पैसे पूरे दूंगी तो एप्पल भी पूरा ही लूंगी ओ, मैडम कैसी बातें करती हैं? वो कंपनी का लोगो है सारे आई में ऐसा ही होता है ये देखे आधा एप्पल आप वैसी टेंशन लेती हैं? नहीं अब नहीं मैं रुक सकती ओ, मैडम मैडम नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती प्लीज खुदा का वास्ता है आप ऐसे बार बार क्यूट रहती है बताए ना क्या हुआ मैं हूँ ना देखिए इसके इसके अंदर अंदर अंदर तो नहीं नहीं है। है। है। जमील? जमील मेरी सारी के के मुझे नहीं लेना ये अच्छा जमील? जरूर इनकी किसी का नाम होगा सिंपल इतनी सी बात है बहुत पोर सर्विस है आपकी आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है देखे मैं इंटरनेट पर लेटर लिखने वाली जमील की बात कर रही हूँ जी जमील <laughs> मैडम वो जमील नहीं जी होता है आप क्यों कर रही हैं मतलब कुछ भी धमाके uh, anyway, आप एप स्टोर में जाए वहाँ जमील मतलब जी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें बस इतनी सी बात है हाँ हो गया uh, हो गया ना चलो मैं इसको पैक कर दू ठीक है <laughs> नहीं मुझे नहीं लेना अब तुम्हें तो किसी और ही शॉप पे जाऊंगी मैडम नहीं नहीं, नहीं। मैडम मैं अब जा रही नहीं नहीं, नहीं मैडम? अब क्या हुआ देखिए मुझे पता है आप चाइना का दो नंबर माल बेच के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही नहीं। पहले जमील और अब सुमेरा सुमेरा मैं एक लड़की हूँ अगर इसमें सुमेरा नहीं तो फिर ये मेरे किसी काम का नहीं कौन है ये सुमेरा आप दुनिया के सबसे बेवकूफ शॉपकीपर हैं। सुमेरा जिसे सेल्फी लेते हैं। C -A -M -E -R -A, सुमेरा। ओ मैडम और से सुमेरा नहीं। कैमरा कहते हैं इधर लाए मेरा फोन निकले यहाँ से आप बाकी किसी और शॉप जाए जाए यहाँ से सुमेरा जमील अब कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग दिमाग का दही हो गया बात सुने वैसे सस्ता मर हमेशा ठीक होता है सस्ता मर C U S T O M E R सस्ता मर मैडम उसे सस्ता मर नहीं कस्टमर कहते हैं निकले